दोस्तों देखिए हाँ आज हम बहुत ही प्यारा स्लीव डिज़ाइन बनाएंगे ये हमने लेस ले ली है इसको बाजू पे रख के हम इस पर सिलाई लगाएंगे देखिए आप एक इंच का गैप छोड़ सकते हैं दो इंच का गैप छोड़ सकते हैं जितना आप चाहें जितनी भी आपको बाजू तैयार करनी है उसके हिसाब से और इसको इस तरह से मोड़ के ये वो पाइपिंग है जो हम नीचे लगाएंगे बहुत प्यारी लगेगी ऑप्शनल लगी आप नहीं भी लगाए कोई बात नहीं आपके पास है तो लगाइए नहीं तो रहने भी दे सकते हैं ये देखिए हमारी नीचे की पाइपिंग बनकर तैयार हो चुकी है अब इस बाजू को मोड़ेंगे हम इसके बीच में निशान लगाएंगे इसमें हम आधा इंच का गैप छोड़ देंगे इस पर निशान लगेंगे हम एक इंच की हम डोरी पतली डोरी बनाएंगे आपको बनानी आती है तो ठीक है नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी पतली डोरी कैसे बनाते हैं वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं पूरी वीडियो को देखिए हमारी डोरी बनकर तैयार हो चुकी है अब हम तीन इंच का चौड़ा कपड़ा लेंगे और इस कपड़े को इस निशान के ऊपर से इस तरह से फिट करेंगे एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे बाजू के हिसाब से हमने कपड़ा लेना है इसको नीचे से इस तरह से सिलाई लगा देंगे और इस निशान पे इस तरह से हम इसके हिसाब से कट कर लेंगे देखिये अब इस निशान से बीच में इस कपड़े को रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे साइड में से अब हम डोरी को लेंगे और इसको हाफ हाफ करके इस पर निशान लगा लेंगे और इसको इस तरह से इसके नीचे रख के हम थोड़ा सा कैप देकर सिलाई लगाएंगे हम इसको बीच में रखते जाएंगे डोरी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है सिर्फ कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है डोरी को बीच में रखते जाएंगे और कपड़े पे सिलाई लगाएंगे ये देखिए अभी बाकी वो डोरी है इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे और बिल्कुल इसी तरह से इतना ही गैप छोड़कर हम तीसरी सिलाई लगाएंगे बिल्कुल इसी तरह से हम डोरी को बीच में रखते जाएंगे कपड़े पे सिलाई लगाएंगे ये देखिए हमने हमारी बाजू 12 इंच की रखनी है तो 12 इंच तक हम डोरी को खींचकर इस कपड़े को इकट्ठा कर लेंगे ये देखिए इस तरह से और अब इसके यहां पर सिलाई लगाएंगे इस कैप को बंद कर देंगे ये हम लटकन बनाएंगे जिसको लटकन बनानी नहीं आती उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी वहां से आप वीडियो देख के बनाइए और सीखिए ये देखिए इस तरह से हम दोनों की काट बांध देंगे ये देखिए ये देखिए इस तरह से हमारी बाजू आएगी देखिए आपको कितनी प्यारी लग रही है ये आप चाहें तो इस पे मतलब प्यारा बनाने के लिए और भी इस पे बटन लगा सकते हैं या आपके पास जो भी सामान है आप वो यूज़ कर सकते हैं ये देखिए कि कितना प्यारा डिजाइन लग रहा है आप भी बनाइएगा और मेरे साथ अपने अनुभव शेयर कीजिएगा हाँ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा थैंक यू वीडियो अच्छी लगी होते तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए